नमस्कार स्वागत अभिनंदन 6 अक्टूबर के राशिफल के इस कार्यक्रम में दर्शकों हमारा प्रस्तुत राशिफल चंद्रमा के गोचर के आधार पर आधारित है देशे ग्रामे ग्रह युद्ध सेवायाम व्यवहार के नाम राशि प्रधानत्व जन्म राशि न चिंतित विवाहे सर्व मांगल्य यात्रायाम ग्रह गोचरे जन्म राशि प्रधानत्व नाम राशि न ना तो आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस भी घर में बैठे होंगे वो आपकी राशि होगी और राशिफल हमारा चंद्र राशि पर आधारित है पंचांग पर दृष्टि डाल लेते हैं दर्शकों पंचांग क्योंकि पांच अंगों से मिलकर के बना होता है और ये पांच अंग कौन कौन से हैं तो तिथि वार नक्षत्र योग करण पंचांग के ये पांच अंग हैं तो छह अक्टूबर का दिन रहेगा रविवार दिन रहेगा और शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है विक्रम संबदार छिहत्तर सख्त संबद्ध उन्नीस परिधावी नामक संवत्सर चल रहा सूर्योदय होगा प्रातः छह बजकर पांच मिनट पर सूर्यास्त होगा शाम को पांच बजकर चौवालीस मिनट पर नक्षत्र रहेगा पूर्वा साढ़ा तीन बजकर पांच मिनट तक दोपहर में इसके उपरांत उत्तरा साढ़ा नक्षत्र लग जाएगा करण रहेगा वक्त इसके उपरांत बाला और अंतिम करण जो रहेगा ये कौलव करण रहेगा तिथि हमने आपको बता दी कि सुबह दस मिनट तक की अष्टमी तिथि रहेगी उसके उपरांत नौमी तिथि लग जाएगी अष्टमी तिथि को नारियल का सेवन नहीं जो है करना चाहिए और नौमी तिथि को दशकों जो होता है आपको लौकी नहीं खाना चाहिए। लौकी का सेवन बिल्कुल भी मना ही है शास्त्रों में यदि आप लौकी खाते हैं, तो नहीं करना चाहिए योग रहेगा अतिक्रांत सुकर्मा योग रहेगा रविवार दिन रहेगा तो पश्चिम दिशा की ओर दिशा दिशाफूल का मतलब होता है कि दिशा में सूल अर्थात कांटे उस दिशा में अगर आप पश्चिम दिशा की ओर जाएंगे तो ऐसा नहीं कि कांटे बिछे होंगे आपके पैर में गर जाएंगे आप उस दिशा की ओर यदि कोई सार्थक प्रयास करेंगे कार्य करेंगे तो आपके कार्य नहीं होंगे तो कार्य आपके कैसे हो तो कोशिश कीजिएगा कि गुड़ का सेवन करके पान का सेवन करके घी का सेवन करके निकलिए और पहले पूरब की ओर आपको चार पक चलना रहेगा इसके उपरांत आपको जो है पश्चिम दिशा की ओर फिर यात्रा करनी चाहिए दर्शकों राहुकाल की ओर जो है चलते हैं अशुभ समय होता है राहुकाल तो शाम को चार बजकर सत्रह मिनट से पाँच बजकर चौवालीस मिनट का जो समय रहेगा ये राहु काल का रहेगा और यदि आपको शुभ कार्यों को करना होगा तो सुबह आप ग्यारह बजकर इकतीस मिनट से बारह बजकर अट्ठारह मिनट में आप कर सकते हैं या काल सुबह नौ बजकर छप्पन मिनट से ग्यारह तक का रहेगा इस पीरियड में भी आप शुभ कार्यों को दर्शकों कर सकते हैं तो ये तो था दर्शकों हमारा पंचांग राशिफल पर आगे बढ़े उससे पहले बताना चाहेंगे अक्टूबर माह का संपूर्ण राशियों का हमारा राशिफल पढ़ गया है क्योंकि दीपावली पर्व भी इस माह है तो दीपावली पर्व से रिलेटेड सारे उपाय हमने उस वीडियो में बताए हुए हैं राशिफल के वीडियो में मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए वो वीडियो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में पड़ा है आप लोग जा करके देख सकते हैं अठारह और उन्नीस तारीख को दिल्ली में जो कोई भी इच्छुक दर्शक हमसे मिल करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप लोगों का स्वागत है आप लोग आकर के अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं मेष राशि के जातकों कैसा रहेगा आज आपका दिन तो आज आपका दिन बेहद शानदार जानदार रहेगा बेहतर रहेगा आर्थिक मामलों में आज आपको सफलता मिलेगी कार्य क्षेत्र में आज आपको फायदा मिलेगा जो फैसले आपने पहले किए हैं वो आपके जीवन में कारगर सिद्ध होंगे खुद के लिए आज आप कुछ समय निकालने की कोशिश करें तो बहुत अच्छा रहेगा आज आपको बिजनेस में सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है अननोन सोर्सेस से आज धन आगमन आपको आता हुआ दिख रहा है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो माता पिता के आपको चरण छू करके आशीर्वाद लेने होंगे जिससे आपके सब काम जो है सफल होंगे और मां दुर्गा को आज लाल रंग की आपको चुनरी चढ़ानी है इससे आपके सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी शुभ कलर आपके लिए रहेगा रेड शुभ अंक आपके लिए रहेगा आठ और शुभ दिशा आपके लिए रहेगी पूर्व दिशा वृषभ राशि तो आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा बिजनेस के कार्यों में आज आपको सफलता प्राप्त होगी आज किसी धार्मिक क्रियाकलापो में गतिविधि में आप लोग प्रतिभाग करते हुए नजर आएंगे आज कोई नया ऑफर आ सकता है विदेश से नौकरी से संबंधित देश में भी आज आपको यदि बेरोजगार है तो कोई ऑफर लेटर आ सकता है कोशिश करना है कि आज उम्र में जो आपसे बड़े व्यक्ति हैं उनको आपको सम्मान देना रहेगा करियर में संघर्ष कर रहे लोगों को आज मनचाहा फल मिलेगा आज यदि आपको एग्जाम देने जा रहे हैं उसमें आपको निश्चित सफलता प्राप्त होगी कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करिएगा और आज गणेश जी को एक सुपारी आपको चढ़ाना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा नीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा तीन और शुभ दिशा आपके लिए रहेगी दक्षिण दिशा मिथुन राशि के जातकों आज आपका दिन ठीक रहेगा माता पिता के सहयोग से आज आप जीवन में आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे प्रातःकाल से ही यात्राओं का योग बन रहा है खुद को आज आप तरोताज़ा महसूस करते हुए नजर आएंगे जीवन साथी के साथ रिश्तों में आज आपकी मिठास बनी रहेगी आज आपके मन में नए नए विचार आएंगे कारोबार में आज आपको कामयाबी प्राप्त होती हुई नजर आ रही है आपके जीवन में आज खुशियों का आगमन रहेगा घर परिवार में कोई नए मेहमान का आगमन हो सकता है ऑफिस में सहयोगियों के साथ आज आपके रिश्ते बड़े मजबूत होंगे उपाय के तौर पर करिएगा ये कि आज पुरुष सूक्त का आपको पाठ करना रहेगा और सूर्य त्राठक आज आपको करना रहेगा शुभ आपके लिए रहेगा हरा शुभ अंक आपके लिए रहेगा छह शुभ दिशा आपके लिए रहेगी उत्तर कर्क राशि के जातकों आज आपका दिन सामान्य से बेहतर बीतेगा किसी बड़ी बिजनेस डील को आज आप भुना सकते हैं मेहनत से आज आपके कार्यों में सफलता प्राप्त होती हुई नजर आ रही है आज आपके कोई राज की बात उजागर हो सकती है जिसके कारण आज, आज आपका मन बड़ा संकालू रहेगा बड़ा भ्रमित रहेगा दूसरों के मामले में फालतू दखल देने से आपको बचना चाहिए उधार देने से पहले आपको सोच विचार करना होगा और अगर आज, आज आप किसी को पैसा देते हैं तो वापस नहीं मिले मिलेगा संतान पक्ष से कोई गुड न्यूज आज, आज आपको प्राप्त होती हुई नजर आ रही है कोशिश कीजिएगा दुर्गा जी के बत्तीस नामों का पाठ करिए और दुर्गा सप्तशती के तृतीय अध्याय का आज आपको पाठ करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा रेड शुभ अंक आपके लिए रहेगा एक शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी पश्चिमी दिशा सिंह राशि तो आज कार्य क्षेत्र में नई संभावनाओं की तलाश करते हुए आप लोग नजर आएंगे लेकिन स्वास्थ्य को लेकर के आपको सतर्क रहने की सितारे सलाह दे रहे हैं आज वाहन सावधानी पूर्वक चलाना अन्यथा किसी चोट चपेट के आप लोग शिकार हो सकते हैं मौसम के बदलने से स्वास्थ्य पर आज आपका असर पड़ सकता है रुपए पैसे के लेन देन में थोड़ी सावधानी बरतने की सितारे सलाह दे रहे हैं किसी को उधार पैसा देने से आज आपको बचना रहेगा दाम्पत्य जीवन में भी आज उतार चढ़ाव की स्थितियाँ बनी रहेगी कोशिश कीजिएगा कि आज जरूरतमंदों को गेहूं का और गुड़ का यदि आप दान करते हैं और आदित्य हृदय स्रोत का तीन बार पाठ करते हैं तो धन का आगमन बना रहेगा शुभ आपके लिए रहेगा ऑरेंज शुभ अंक आपके लिए रहेगा पाँच शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा कन्या राशि तो आज आपका दिल बेहतरीन रहेगा समाज में आज आपकी पद प्रतिष्ठा मान सम्मान बढ़ेगा आज आप किसी सामाजिक संगठन से जुड़ सकते हैं जिसका लाभ आपको आगे चलकर मिलेगा आज आप सबको साथ लेकर के चलने में कामयाब होंगे घर वालों के साथ किसी धार्मिक क्रियाकलापों में आज आप प्रतिभा करते हुए नजर आएंगे कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो आज आपका एग्जाम बहुत बढ़िया होगा पढ़ाई में आज, आज आपका मन लगेगा कोशिश कीजिएगा कि आज गाय को आप लोग गुड़ और रोटी खिलाइए और गाय के चरण चुकर के आशीर्वाद आप लोग लीजिए आपके लिए बढ़िया दिन रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ब्राउन शुभ अंक आपके लिए रहेगा दो शुभ दिशा आपके लिए रहेगी दक्षिण तुला राशि तुला राशि के जात आज आपका दिन सामान्य से बेहतर बीतेगा आज आप नई ऊर्जा से नबरेज रहेंगे काम की दृष्टि से आज व्यस्तता आज आज है मन चाहिए आपको सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई पड़ रही है वाहन सावधानी पूर्वक आज आपको चलाना रहेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा दुर्गा चालीसा का आज आप लोग पाठ करिए और सूर्यदेव को अर्घ दीजिए आदित्योत का पाठ करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा व्हाइट शुभ अंक आपके लिए रहेगा सात शुभ दिशा आपके लिए रहेगी पूर्व वृश्चिक राशि के जातकों आज आपका दिन खुशियों से भरा रहेगा आज का दिन खुद में बदलाव लाने वाला रहेगा आज आगे बढ़ने के लिए कई नई योजनाएं बना सकते हैं इंप्लीमेंट कर सकते हैं जो कोई स्टेशनरी से रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए आज का दिन काफी अच्छा रहने वाला है समय आपके लिए अनुकूल रहेगा आज आपकी सेहत पहले से बेहतर रहेगी सूर्यदेव को अर्घ्य दे करके नमस्कार करिए कहते हैं ना अलंकारम प्रिय विष्णु जलधारा प्रिया शिवा नमस्कारा प्रिय भागु ब्राह्मणा मधुरा प्रिया, प्रिया। तो देव को नमस्कार करिए आपके लिए दिन बेहतर रहेगा आपका दिन बेहतर गुजरेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ऑरेंज शुभ अंक आपके लिए रहेगा सात शुभ दिशा आपके लिए रहेगी उत्तर धनु राशि सैनिटेरियस तो आज आपका दिन काफी उत्तम रहेगा आपकी सोच सकारात्मक रहेगी खास करके राजनीति से जुड़े लोगों को लिए मान सम्मान पद प्रतिष्ठा मिलेगी कोई उच्च पद आज प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है समाज में आज किसी प्रभावशाली व्यक्तित्व से आपकी मुलाकात होगी आज जीवन में आगे बढ़ने के तमाम मौके आपको मिलेंगे जीवन साथी के साथ आज किसी धार्मिक कलापों में आप संलिप्त हो सकते हैं आज माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर के आपको ध्यान देने के सितारे सलाह दे रहे हैं वाहन सावधानी पूर्वक आज चलाइएगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो महामृत्युंजय मंदिर की एक माला का आप लोग जाप करिए सब कुछ बढ़िया होगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा पीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा एक शुभ दिशा आपके लिए रहेगी दक्षिण कौन मकर राशि तो मकर राशि के जातकों आज ऑफिस में सहयोगियों के साथ बात हो सकता है धन के खर्च आज आपके ज़्यादा रहेंगे घर में सामाजिक आयोजन कुछ हो सकता है जिसमें आपकी भागीदारी रहेगी आज आपका जीवन साथी के साथ समय अच्छा बीतेगा अध्यात्म की ओर आज आपकी विशेष रुचि रहेगी आज आपके घर में नए मेहमानों का आगमन हो सकता है पुराने दोस्तों से मुलाकात हो सकती है यदि आज आप कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो आज आपका पेपर उम्मीद से बेहतर होगा कोई रिजल्ट आने वाला है तो आपके पक्ष में रिजल्ट आएगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो धर्म स्थान पर यज्ञ को पवित्र का दान करिए और कोशिश कीजिएगा कि आज किसी से बात विवाद मत करिएगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ग्रे शुभ अंक आपके लिए रहेगा दो शुभ दिशा आपके लिए रहेगी उत्तर दिशा एक्वायस कुंभ राशि कुंभ राशि के जात आज आपका दिल फेवरेबल रहेगा आपके जीवन में मधुर प्रेम संबंधों की शुरुआत रहेगी किसी को उधार दिया गया धन आज वापस मिल सकता है कुंभ राशि के जातक यदि आप स्टूडेंट हैं और घर से दूर रहकर के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आज के लिए आपका दिन काफ़ी अच्छा रहने वाला है आपके तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके एग्जाम अच्छे होंगे सरकारी नौकरी के लिए भी आज, आज आप चयनित हो सकते हैं बिजनेस में जबरदस्त फायदा होगा लवमेट के लिए आज का दिन शानदार रहेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज गाय को आप लोगों को केला खिलाना रहेगा और दुर्गा सप्तशती के अष्टम अध्याय का आज आपको पाठ करना रहेगा जिससे सफलता आपके कदम चूमेगी शुभ कलर आपके लिए रहेगा ब्लैक शुभ अंक आपके लिए रहेगा छः शुभ दिशा आपके लिए रहेगी दक्षिण उपा अंतिम राशि पर चलते हैं हमारी अंतिम राशि आती है मीन राशि लेकिन दर्शकों लाइक तो आप लोग कर ही दीजिए तो मीन राशि के जातकों आज आपका दिन शुभ रहेगा मित्रों के साथ रिश्ते बेहतर रहेंगे पिता के सहयोग से आज, आज आप कोई नया व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकते हो जिसमें आपको सफलता प्राप्त होगी जो लोग नौकरी की तलाश में है उनकी तलाश जल्दी ही पूरी होने वाली है आपको किसी अच्छी जगह पर नौकरी मिल सकती है साथ ही साथ ट्रांसफर का योग बना और मनचाही जगह आपका ट्रांसफर होगा मनपसंद जगह आज आप घूमने फिरने जा सकते हैं और किसी धार्मिक क्रियाकलापों में आज आप पंडित हो सकते हैं आज का दिन जीवनसाथी के साथ अच्छा बीतेगा मधुर बीतेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा देव को अर्घ्य दीजिए आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करिए और विष्णु तरह का पाठ आज आपको करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा व्हाइट शुभ अंक आपके लिए रहेगा दो शुभ दिशा आपके लिए रहेगी उत्तर तो ये तो था हमारा मे से लेकर के मीन राशि तक का राशिफल प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए नए हैं तो सब्सक्राइब बगल में बना बेलाइकन दबाइए फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर करने में कंजूशी मत कीजिए दीजिए इजाज़त मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और अट्ठारह 19 अक्टूबर को दिल्ली में मिलना ना भूलिए तब तक के लिए नमस्कार